हेलो गाइस माय स्मार्ट हेल्थ सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे पतंजलि की गिलोय सत्य के बारे में जी हां दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पतंजलि के गिलोय सत्य के बारे में दोस्तों इस वीडियो में मैं पतंजलि के गिलोय सत्य के सभी फ़ायदे डिटेल में बताने वाला हूँ तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल माई स्मार्ट हेल्थ सपोर्ट को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा उसे आप प्रेस कर लीजिए और प्रेस करने के बाद में पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस करके ओल नोटिफिकेशन को सेव कर लीजिए ताकि आगे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग और हेल्थ रिलेटेड वीडियो की जानकारी व नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले व सबसे जल्दी मिल सके दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं बता दूं कि अगर आपको गिलोइस चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं कुरियर के द्वारा आपको पहुंचा दूंगा इस नंबर पे ठीक है अगर आप आपकी किसी भी बीमारी को लेके मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं परामर्श लेना चाहते हैं पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा ठीक है मैं आपको फ़ोन लगा के आपकी जो भी बीमारी है उसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगा दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो क्वेश्चन हो या आपकी किसी कोई बीमारी हो जिसके बारे में मैंने इसमें नहीं बताया तो कमेंट कर दीजिएगा मैं दो घंटे के अंदर अंदर आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा दोस्तों अब सबसे पहले हम इसके ऊपर पढ़ लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में मैं डिटेल में आपको इसकी जानकारी दूंगा इसके ऊपर लिखा हुआ है दिव्य गिलोय सत आयुर्वेदिक मेडिसिन दस ग्राम देखिए यहाँ पे दिव्य इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पतंजलि की जो दवाइयाँ बनती है वो दिव्य फार्मेसी में बनती है जैसे पतंजलि की मेधावटी इस पर भी दिव्य लिखा हुआ है ठीक है तो ये दिव्य फार्मेसी में बनती है और जो खाने पीने का सामान होता है वो पतंजलि जो है फार्मेसी में बनता है पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड में जो एफ डेली यूज की चीज़ होती है अब जैसे ये कार्बन टूथब्रश ठीक है तो ये पतंजलि में बनाए दिव्य का नहीं पतंजलि फार्मेसी में बना हुआ है ठीक है तो इस ऐसा दोस्तों होता है कि सभी जो है इसकी कैटेगरी अलग अलग होती है इसलिए आ, उस पर अलग अलग जो है लिखा होता है दि गिलोय गिलोयसत और ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है ये दवाई है इसको अपने मन से बिल्कुल भी नहीं लेना है इसको अगर आपको उपयोग करना है इसका सेवन करना है तो आप एक बार हमारा कंसल्टेशन जरूर ले लीजिएगा ऊपर जो व्हाट्सअप नंबर है इसका व्हाट्सअप करके इसके अंदर दोस्तों क्या क्या मिला हुआ है इसके अंदर मिला हुआ है गिलोयसत 10 ग्राम बस इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं मिला हुआ है अब इसमें डोज और मेथड ऑफ यूज लिखा हुआ है तो मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से बता रहा हूँ कि देखो गिलोय सत को अकेले नहीं लिया जाता है ठीक है पहली बात गिलोय सत को अकेले बिल्कुल नहीं लेना है इसको आपकी बॉडी प्रॉब्लम्स बॉडी हार्मोन्स बॉडी सिचुएशन बॉडी की कंडीशन ठीक है बॉडी की बीमारी क्या बीमारी है उसके अनुसार आपको किस दवाई के साथ में इसको लेना है ठीक है वो मैं आपका पहले कंसल्टेशन करूंगा मैं कम से कम आधे से एक घंटे तक आपसे फोन पे बात करूंगा आपकी बीमारी को समझूंगा इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको लेना भी है या नहीं लेना है लेना है तो कितने ग्राम लेना है किस दवाई के साथ लेना है क्या कॉम्बिनेशन बनेगा फिर भी मैं बस केवल पढ़ के आपको बता रहा हूँ यहाँ पे डोज और मेथेड ऑफ यूज में लिखा हुआ है 250 सौ से 500 सौ एम जी टॉइस एडे एम टी स्टोमक विथ हनी और एज डायरेक्टेड बाई द फिजिशियन ठीक है आप 250 से 500 सौ शहद या गर्म पानी से ले सकते हैं या फिर आप किसी से परामर्श लेके चिकित्सक के परामर्श अनुसार इसको ले सकते हैं अब यूज में इसमें लिखा है ज्वर और राजक्षमा एक्सेट्रा बस दो चीज़ लिखी हुई है कि कूल ड्राई एंड डार्क प्लेस बस ये यहाँ पे इतना लिखा हुआ है और ये सफ़ेद सफ़ेद जो है ना ये भस्म है दोस्तों ठीक है इसके अलावा ये देखिए है ना ये वाइट कलर की होती है और इसके अलावा इस पर और कुछ भी लिखा हुआ नहीं है अब मैं आपको डिटेल में दोस्तों इसके बारे में बताता हूँ कि ये कैसे काम आती है किस बीमारी में काम आती है और आप हाँ इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो गिलोय सत्या इसकी जो तासीर है इसकी तासीर दोस्तों गर्म होती है ठीक है ये गर्म तासीर की एक भस्म होती है ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर देती है ऑटो तो इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा ठीक है जो हमारी इम्यूनिटी पावर होती है जिसको हम हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता रजिस्टेंस पावर उसको ये मजबूत कर देता है आपको अगर किसी भी प्रकार का बुखार आ रहा हो किसी भी प्रकार का छोटे से छोटा बुखार और बड़े से बड़ा बुखार मतलब हल्के से फीवर से लेके बड़े से बड़े कोरोना तक इतना बड़ा बुखार भी हो ठीक है हर प्रकार के बुखार में गिलोएसद बहुत अच्छे से जो है अपना काम करती है अगर आपको सर्दी खांसी कफ जुकाम नज़ला इस टाइप से कुछ भी अगर हो गया हो तो उसमें आप गिलोसत का सेवन बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपको फेफड़ों की किसी भी प्रकार की कमजोरी है या फेफड़ों की किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है तो ऐसे में गिलोसत का सेवन आप कर सकते हैं अगर आपको श्वास की कोई बीमारी है श्वास से संबंधित कोई रोग है तो उसमें भी आप इसका सेवन कर सकते हैं यह आपके फेफड़ों को मजबूत बनाता है ये आपकी बॉडी से विषले तत्वों को बाहर करता है मतलब आपकी बॉडी का डिटॉक्सीफिकेशन करता है टॉक्सिंस को बाहर निकालता है ठीक है यह आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है मतलब खून को शुद्ध करता है ये ब्लड प्यूरिफायर होता है खून को शुद्ध करता है यह आपकी सभी प्रकार की जो चर्म रोग होते हैं स्किन डिजॉर्डर होते हैं तो सभी प्रकार के चर्म रोगों को दूर करने के लिए निरापद औषधि है गिलोयसत अगर आपको लीवर से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जैसे आपको अगर फैटी लीवर हो गया है लीवर सिरोसिस हो गया है ठीक है लीवर में दर्द रहता है ठीक है या लीवर से संबंधित किसी भी प्रकार की डाइजेशन प्रॉब्लम है तो सभी प्रकार की लीवर से संबंधित प्रॉब्लम को खत्म करता है किसी भी प्रकार की लीवर से संबंधित प्रॉब्लम हो मैं हर प्रॉब्लम को अगर एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा अगर आपको कोई समस्या है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा या आप मेरा कंसल्टेशन ले सकते हैं दोस्तों ये आपके लीवर को मजबूत बनाता है ठीक है जैसे लीवर की किसी को समस्या नहीं होती है लेकिन लीवर अपने आप में कमज़ोर हो जाता है ठीक है इस वजह से आपको काफ़ी बीमारियां हो जाती है तो ये लीवर को मजबूत बनाता है अगर आपको पीलिया हो गया है तो पीलिया जैसी बीमारी को भी ये गिलोसत बहुत ही जल्दी ख़त्म करता है अगर इसको प्रॉपर डोज के साथ में लेते हैं तो आप देखेंगे तीन दिन के अंदर आपके पीलिया में आपको आराम मिलने लगता है अगर आपको हेपेटाइटिस हो गया है चाहे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी किसी भी प्रकार का हेपेटाइटिस अगर आपको हो गया है तो उसमें यह बहुत ही अच्छा रामबाण औषधि के रूप में काम करता है अगर आपको डायबिटीज हो गई है मधुमेह है, है शक्कर की बीमारी है तो इसके लिए तो दोस्तों डायबिटीज के लिए तो रामबाण औषधि के रूप में गिलोयसत काम आता है गिलोयसत के बिना डायबिटीज का ट्रीटमेंट अधूरा है ये मान के चलिए आप अगर आपको दम की शिकायत है दमा चलता हो जिसको हम अस्थमा बोलते हैं ठीक है तो अस्थमा को भी ठीक करने में गिलोयसत बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों अगर आपको डेंगू हो गया हो तो डेंगू अगर हो गया हो तो डेंगू में भी दोस्तों आप गोसत का अगर सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि डेंगू आपका काफ़ी जल्दी जो है रिकवर होने लगता है अगर आपको चिकनगुनिया भी हो गया हो तो चिकनगुनिया में भी ये काफी लाभप्रद साबित होता है दोस्तों जिन लोगों को खून की कमी है एनीमिया की शिकायत है तो खून की कमी यानी एनीमिया में काफ़ी अच्छा ये काम करता है दोस्तों ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है स्ट्रांग बनाता है मतलब आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है ये सभी प्रकार की आपकी डाइजेशन से संबंधित समस्या मतलब पाचन से संबंधित सभी प्रकार की समस्या जैसे गैस एसिडिटी कब्ज पाइल्स बवासीर, बगंदर फिस्टूला सभी प्रकार की डाइजेशन प्रॉब्लम में आपको काम करता है दोस्तों ये दोनों ही प्रकार के गठिया में काम करता है एक है होता है संधिवाद और एक होता है आमवाद मतलब अर्थराइटिस रिमोट अर्थराइटिस और ऑस्टोफोरोसिस दोनों ही प्रकार के अर्थराइटिस में आपको काम करता है दोस्तों ये त्रिदोष त्रिदोषनाशक दवाई है मतलब ये वात कप और पित्त के तीनों रोगों के दोषों को खत्म करता है दोस्तों अगर आपको पेशाब आप से संबंधित कोई रोग है यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है यूरिनरी इन्फेक्शन या मूत्र रोग है किसी भी प्रकार का चाहे सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जनरल प्रॉब्लम हो ठीक है किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें भी ये गिलोस बहुत ही अच्छे से रामबन औषधि के रूप में काम करता है दोस्तों इस गिलोएसथ के बहुत सारे फायदे अगर मैं सारे फायदे इसमें बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो दोस्तों मैंने जितने भी फायदे इसके अंदर बताए हैं अगर इसके अलावा आपको और कोई बीमारी है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा मैं आपके कमेंट का दो से तीन घंटे में रिप्लाई अभी कर दूँगा ठीक है और अगर आप आपकी किसी बीमारी को लेके मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं मेरा परामर्श लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा आप जब व्हाट्सअप करेंगे आपकी जो भी बीमारी है पूरा डिटेल तो मैं आपको आपका नंबर आने पर फ़ोन लगाऊँगा और आपको फ़ोन पर आपका पूरा सही से परामर्श करके पूरे आपकी बीमारी के अनुसार आपको जो भी दवाई है वो मैं आपको रिकमेंड कर दूँगा अगर आपको कोई भी दवाई चाहिए गिलोयस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कोरियर के द्वारा मैं आपके घर पे जो भी चाहिए आपको पहुंचा दूंगा आशा करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो में और लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में WhatsApp और Facebook पे जरूर शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के स्टेटस पर एक दिन के लिए बस लगा दीजिए इस वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों इस गिलो सर के जो स्वास्थ्य लाभ हैं वो पहुँचाए जा सके लोगों में एक अवेयरनेस मिल सके अवेयरनेस लोगों तक जो है पहुँचा सकें हम ठीक है और और आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे सब्सक्राइब सबने कर लिया होगा अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम